इस वीडियो में आज साफ वाटर की अहमियत को जान जाओगे जहाँ पे सीधे से हमें फर्क दिखता है साफ पानी हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है इससे पहले आगे भी और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सपोर्ट जरूर करें। मैं आपको बता दू ये आपको आइस क्यूब दिख रहे हैं ये ट्रांसपेरेंट आइस क्यूब उबले हुए पानी के है और इस फोटो में जो आपको नॉर्मल पानी के आइस क्यूब दिख रहे है दोनों में ही फर्क करना बिल्कुल सीधा सा है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों आपको नेचर को किस हद तक खराब नहीं होने है रिमोट टाइम अमेरिका के राष्ट्रपति कहते हैं अगर मैं दौड़ नहीं पाता तो चलना पसंद करता हूँ लेकिन मैं कभी रुकना पसंद नहीं करता थैंक्स फॉर वॉचिंग